और मैं बार बार बोलता हूं कि गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो साल मुर्दा भी तय कर लेता है इसमें कौन सी मानता है कि गंगा सागर पहुंच ही जाएगा गंगोत्री बहादुर लेकिन असली खेल तो तब है ना जब गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ उल्टा दौड़े बहाव के विपरीत दौड़े और पहुंच के दिखाए जहां कोई नहीं पहुंचता मैं मानता हूं कि ये आसान नहीं होता और आसान कामों के इतिहास नहीं बनते आसान काम करने वालों का नाम याद नहीं रखा जाता याद उन्हीं को रखा जाता है जिन्होंने काम किया है दशरथ मांझी जैसा है ना 300 फीट बड़ा पहाड़ 30 फीट चौड़ा फरास्ता उसने पत्थर का अपने हाथ से छेनी हथौड़ी से काट दिया जब तक दुनिया रहेगी साला दशरथ मांझी का नाम वहां टांगा जाएगा किस आदमी ने साला कुछ ऐसा कर दिया